गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दीपावली पुलिस के परिवार के साथ मनाई इस मौके पर उन्होंने बच्चों को मिठाइया बांटी और उनके साथ आतिशबाजी की वहीं उन्होंने गोवर्धन पर्व पर, पर गौ माता को नहलाकर पूजा अर्चना की दीपावली के मौके पर गृह डॉक्टर नरोत्ता मिश्रा दतिया पहुंचे जहां उन्होंने पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस के परिवार को बधाई और शुभकामनाएं दी उन्होंने बच्चों को मिठाइयां बांटी और उनके साथ आतिशबाजी की इस दौरान मिश्रा ने कहा पुलिस के जवान ट्वेंटी फोर इंटू सेवन ड्यूटी पर तैनात रहते हैं त्यौहार में भी वे आम जनता की सेवा करते हैं वहीं गोवर्धन आरोप नरोत्तम मिश्रा ने गौ माता को नहलाया और गायों की तिलक लगा पूजा अर्चना की